सब्सक्राइब करिए आपला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि दिल्ली में ऐसे ऐसे काम किया कि पूरे विश्व में उनके कामों की तारीफ हो रही है क्या कहना है अरविंद केजरीवाल जी का चलिए जानते है इस वीडियो के अंदर पूरी दिल्ली के अंदर बीस बीस हजार लीटर पानी हर परिवार को मुफ्त कर दिया और जितने दिल्ली सरकार के अस्पताल थे सारे अस्पतालों के अंदर सारी दवाइया मुफ्त कर दी सारे टेस्ट मुफ्त कर दिए सारा इलाज मुफ्त कर दिया भगवान ना करे आपके घर में कोई बीमार हो लेकिन अगर कोई बीमार होता है दस लाख रुपए का भी अगर ऑपरेशन करना पड़े चिंता मत करना दिल्ली सरकार के अस्पताल में चले जाना सारा मुफ्त होगा आपका ऑपरेशन जैसा भी गुलाब ने बताया पूरी दिल्ली के अंदर जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं एक सौ मोहल्ला क्लिनिक बन चुके और 1000 मोहल्ला क्लिनिक अगले 6 महीने में बनकर तैयार हो जाएंगे हर कॉलोनी हर मोहल्ले के अंदर एक एक मोहल्ला क्लिनिक होगा जिसमें सारी दवाइयां सारा टेस्ट सारा इलाज सब मुफ्त होगा दोस्तों खूब काम किए पिछले तीन साल के अंदर ऐसे ऐसे काम हुए पूरी दुनिया के अंदर उनकी चर्चा हो रही है आज जिस तरह के सरकारी स्कूल बन रहे हैं जिस तरह के मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर दिल्ली सरकार के कामों की तारीफ हो रही है दोस्तों अगर आपका हमारे वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए धन्यवाद दोस्तों